हेलो गाइस इट्स रचना जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा या देखेंगे कि मेरे चैनल का नाम है स्टडी ऑफ लाइफ और ये स्टडी ऑफ लाइफ चैनल बेसिकली मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इट विल कंटेंट्स एजुकेशनल वीडियोस रिसर्च रिलेटेड वीडियोस और कुछ पार्ट कभी कभी uh, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस या कोई अच्छे मोटिवेशनल कोर्स को भी आप तक पहुंचाएगा तो यस yes, जैसा कि आगे आने वाली जो सीरीज़ है एजुकेशनल सीरीज़ उसके बारे में जो अभी तक मैंने सोचा है कि फ़र्स्ट किसी भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम के लिए एक बायोलॉजी स्टूडेंट को ज़रूरी है कि उसको एन आती हो तो ये एक एन सी सीरीज़ Uh, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप इसे मे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ मे के बाद इसके वीडियोस आएंगे बिकॉज अभी मैंने ये चैनल बनाया है तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और उसके बाद uh, ये सीरीज़ क्लास एलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ कंपिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले या आप यू एस्पिरेंट हैं आपके लिए या फिर आप रिसर्च uh, में हैं किसी के लिए भी जो भी बायो के स्टूडेंट है उनके लिए ये आई होप यूजफुल रहेगी और दूसरी एक सीरीज जो साथ में साइमल्टेनसली स्टार्ट होगी दैट इज लाइक कॉमन टॉपिक्स ऑफ साइंस इन डेली लाइफ फॉर एग्जांपल वाई वैक्सीनेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट और why why everyone say that first month or first three months of pregnancy are so much critical and why after some a certain people get diabetes or certain people get you know get obesity so these are some you know daily uh, topic of discussion but common loop jo ki science background se nahi hai ya fir jo science background ke hai unke liye bhi एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके एक यू नो साइंस की कॉमन टॉपिक की एक सीरीज़ साथ में आएगी तो आने वाले दिनों में ये दो सीरीज़ एन एक्सप्लेनिंग सीरीज़ और साइंस की कॉमन टॉपिक को एक्सप्लेन करती हुई सीरीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल के एजुकेशनल वीडियो प्लेलिस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी फिलहाल मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी रिसेंट इटली जर्नी की शा... प्लेलिस्ट है मेरे पर्सनल वीडियोस uh, में वो देख सकते हैं और समय समय पे मोटिवेशनल कोर्ट्स भी आते रहेंगे अपने बारे में कुछ बताऊं तो बेसिकली मेरी पीएचडी इंडिया से हुई है बीएचयू से हुई है और उसके बाद पीएचडी करने के बाद मैंने तीन साल पोस्ट भी किया है और आई हैव एलेवेंथ पी रिव्यूड पेपर्स लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए आई वॉन्ट टू टेक ब्रेक from this journey because this is very monotonous and I want to brush up my basics. बेसिक्स तो मुझे ये लगा कि क्यों ना आप सबको भी journey जर्नी में इंक्लूड किया जाए और किसी को अगर इससे कोई बेनिफिट होता है ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते या फिर उनके पास टाइम नहीं है कि वो बेसिक्स पढ़े तो मेरी वीडियोज़ देख के शायद उन्हें थोड़ा सा ईज मिल जाए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप मेरा ये वीडियो देखें कि कोई और बायोलॉजी की ऐसी सीरीज़ जिस पे आप मेरा चाहते हैं वीडियो कि मैं बनाऊँ या फिर कोई ऐसी साइंस में कॉमन क्वेश्चन है कॉमन डेली यूज़ का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको दिमाग में बार बार क्लिक करता है बट आपको समझ नहीं आता आप चाहते हैं मैं उसे एक्सप्लेन करूँ तो आई एम रेडी फॉर डैट सो यस मेरे इस में मेरे साथ रहिएगा So this is all about the introduction of my channel thank you